आज मेरे इधर कड़ाई पनीर बनी है मम्मी मम्मी ने नमक ज़्यादा डाल दिया पर मैंने उसके कुछ टिप्स टिप्स एंड एंड ट्रिक्स ट्रिक्स मैं आपको भी बताऊंगा चलो शुरू करते हैं क्या आप बता सकते हो कौन हां शिवम आपकी सब्जी में नमक अगर ज्यादा हो जाए तो सब्जी के अंदर घी डाल दीजिए और घी के साथ या दूसरा तरीका है घी के साथ बेसन भून कर डाल दीजिए जिसमें अपने आप तरीके से बेसन वो कम हो जाएगा नमक घी या सूप में नमक ज्यादा हो गया हो तो आलू छील कर डाल दे और सर्व करने से पहले इसे निकाल ले ऐसा करने से सब्जी या सूप में सूप का ज़्यादा नमक आलू सोख लेगा और स्वाद में कोई कमी नहीं रहेगी तो आप समझ गए आलू नमक सौंक लेता है अगर ग्रेवी वाली सब्जी में नमक ज्यादा हो गया हो तो आटे की बड़ी लोई डाल दे। इससे उसका खारापन आटे में में समा जाएगा बाद में इस को निकाल देगा अगर आप चाहे तो इसमें एक दो चम्मच दही डालकर भी सब्जी में ज्यादा नमक को कम कर सकते हैं दाल, दाल में अगर नमक ज्यादा हो गया हो तो नींबू का रस डाल दे अगर सब्जी ज्यादा तीखी हो गई हो तो इसमें बड़ा चम्मच घी डाल दें तो देखिए आपके निम्न सब्जी में नमक औ, और मिर्ची ज्यादा हो गई हो तो बहुत सारे तरीके हैं कोई सा भी अपना सकते हैं धन्यवाद धन्यवाद